ड रीडर्स आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे हिमाचल की नदियों से संबंधित और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल के पूर्वतम छोर में प्रविष्ट होने वाली नदी कौन सी है आंसर इज सतुज हिमाचल के दक्षिण पूर्वी छोर में बहने वाली नदी कौन सी है यमुना हिमाचल के उत्तरी छोर में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं चिनाव तथा रावी हिमाचल के पश्चिमी छोर में उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है व्यास। निम्न नदियों का उचित मिलान कीजिए रावी व्यास सतलुज चनाव यमुना और इसमें मैच करना है रोहतांग दर्रा बड़ा बंगाल बारा लच्चा राक्षस तल यानी रावी नदी कहाँ से निकलती हैं पराभंगाल से ब्यास निकलती है रोहतांग पास से सतलुज निकलती हैं राक्षस ताल से चिनाब निकलती है बारालच्चा से और यमुना निकलती है बंदरपू से यानि कौ के साथ second खौ के साथ first गौ के साथ fifth और खौ के साथ third और गौ के साथ fourth next है निम्न नदियों का उचित मिलान कीजिए रावी व्यास सतलु चिनाव यमुना रावी इसमें जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं मिलान करने के लिए मैच करने के लिए चीन है कुल्लू लाहौल व स्पीति है कांगड़ा है उत्तरांचल है और लाहौल वो स्पीति है रावी नदी की अगर हम बात करें रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है बड़ा बंगाल से विच इज सिचुएटेड इन कांगड़ा ब्यास नदी का रोहतांग पास से जो कि कुल्लू और लाहौल स्फीति के मध्य स्थित है सतलुज ताल से जो कि चीन में स्थित हैं और चिनाव का लाहौल स्फीति से उद्गम होता है और यमुना का उत्तरांचल से उद्गम स्थित होता है अर्थात गौ के साथ थर्ड खौ के साथ सेकेंड गौ के साथ फर्स्ट घ के साथ फिफ्थ और गौ के साथ फोर्थ नेक्स्ट है निम्न नदियों का उचित मिलान कीजिए रावी व्यास, सतलुज और चनाब रावी नदी जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 158 किलोमीटर है व्यास की 256 हंड्रेड हैं सतलुज की 320 हंड्रड हैं चनाब की 122 हंड्रेड हैं और यमुना की 14 किलोमीटर है यानी गौ के साथ फर्स्ट खौ के साथ थर्ड गौ के साथ सेकंड गांव के साथ फिफ्थ और गांव के साथ फोर्थ नेक्स्ट है हिमाचल में बहने वाली कौन सी नदी जांचकर श्रेणी से बहती है आंसर इज सतलुस क्योंकि सतलुस मानसरोवर से निकलती है और राक्षसतल से जो कि चीन में स्थित हैं ये जांचकर श्रेणी में पड़ता है व्यास नदी हिमालय की कौन सी श्रृंखला से निकलती है पीर पंजाल से रावी नदी हिमालय की कौन सी श्रृंखला से निकलती है धौलाधार से चिनाब का उद्गम हिमालय की कौन सी श्रृंखला से होता है पीर पंजाल से हिमाचल में बहने वाली कौन सी नदी का उद्भव बद्रीनाथ श्रृंखला से होता है यमुना से बंदरपूच नामक स्तान से सतलुज हिमाचल के किन किन जिलों में बहती है किन्नौर शिमला सोलन कुल्लू मंडी बिलासपुर ऊना ब्यास नदी हिमाचल के किन किन ज़िलों में बहती हैं कुल्लू मंडी कांगड़ा और हमीरपुर रावी नदी हिमाचल के किन किन ज़िलों से बहती हैं कांगड़ा है और चंबा है हिमाचल में चिनाव किन किन ज़िलों से बहती है लाहौल स्पिति व चंबा से यमुना हिमाचल के किन किन जिलों से बहती है केवल सिरमौर ज़िले में बहती हैं प्रदेश की सबसे लंबी नंदी कौन सी है सतलुज प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है यमुना जलांधर का शाब्दिक अर्थ क्या है जल को धारण करने वाला निम्न नदियों का उचित मिलान कीजिए रावी व्यास सतलुज चिनाब यमुना शुताद्रु परोशनी कालिंदी अर्जिकिया और असीकनी ये ऋग्वैदिक नाम है रावी का ऋग्वैदिक नाम है परोशनी व्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया सतलुज का वैदिक नाम है शताद्रु चिनाब का वैदिक नाम है असीकनी और यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी अर्थात कौ के साथ सेकेंड ख के साथ फोर्थ गौ के साथ फर्स्ट गौ के साथ फिफ्थ और गौ के साथ थर्ड नेक्स्ट है निम्न का उच उचित मिलान कीजिए रावी व्यास सतलुज चनाव यमुना यहाँ जो है वो कैचमेंटेरिया दिया गया है रावी का जो कैचमेंट एरिया है वो है पाँच वर्ग मील व्यास का जो कैचमेंट एरिया है वो है 12,000 वर्ग मील सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है वो है 20,000 वर्ग मील चिनाब का जो कैचमेंट एरिया है वो है 7,500 वर्ग मील और यमुना का जो कैचमेंट एरिया है वो है 2,320 वर्ग मील नेक्स्ट है सतलुज को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं लॉन्ग चैन खवाव हिमाचल में बहने वाली कौन सी नदी सिंधु की पूर्वतम सहायक नदी है सतलुज हिमाचल की किस नदी को लाल नदी के नाम से भी पुकारते हैं सतलुज को वेदों में विशेष रूप से उल्लेखित जो सतलुज नदी है उस वो किस ग्रंथ में शतुद्रुक के रूप से उल्लेखित की गई है महाभारत में सतलुज शतुद्रुक अतिरिक्त किन किन नामों से पुकारी जाती है मुखसंग संपू जुगंटी समुद्रंग और सुतुद्रा सतलुज किन्नौर के, के किस स्थान में हिमाचल में प्रविष्ट होती है ज्यूरी मंडी में किस स्थान पर सतलुज नदी प्रविष्ट होती है हुईधार ऊना में किस स्थान पर सतलुज नदी प्रविष्ट होती है नंगल हिंदुस्तान तिब्बत रोड के समानांतर कौन सी नदी बहती है सतलुज कंद्रौर फुल किस ज़िले में स्थित है किस ज़िले में स्थित है और किस नदी पर निर्मित है बिलासपुर ज़िले में है और सतलुज नदी पर स्थित है गोविंद सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है और किस बांध के निर्मित होने के कारण हुआ है सतलुज नदी पर जो भाखड़ा बांध है उसके निर्माण होने से जो है वो गोविंद सागर झील बनी है किन्नौर में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है स्पीति पेजूर काशंग मुलगन बांगर शोरंग तथा तीरथ किसकी सहायक नदियां हैं किन्नौर में सतलुज नदी की सैंज है नोगली है श्वान है और प्रसाद है किसकी सहायक नदियां है शिमला जिले में सतलुज की शीर लोनी गमरोला तथा अली किसकी सहायक नदियाँ हैं बिलासपुर में सतलुज की सहायक नदिया किस जिले में बहती है कुल्लू में रामपुर तत्तापानी किस नदी के किनारे स्थित है सतलुज ब्यास नदी का उद्गम स्थल की ऊंचाई कितनी है तीन मीटर यानी ये रोहतांग पास की ऊंचाई है जहाँ से की ब्यास नदी निकलती है यूनानियों ने ब्यास नदी को किस नाम से पुकारा है हिफेसिस ब्यास नदी का नामकरण किस का आधार पर हुआ है ब्यास कुंड के समीप ब्यास आश्रम स्थित होने के कारण ब्यास का वर्तमान संस्कृत नाम क्या है विपाशा यानी पाश से मुक्त रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है शवों का ढेर कुल्लू तथा कांगड़ा में घाटी निर्माण में कौन सी नदी सहायक है ब्यास नदी किस स्थान पर ब्यास मंडी में प्रविष्ट होती है बजौरा के फिरनू नामक स्थान पर जिसे चौरसीगढ़ भी कहा जाता है हमीरपुर में किस स्थान पर ब्यास नदी बहती है नदौन के समीप हरसी पाटन नामक स्थान पर पंजाब में किस स्थान पर सतलुज तथा ब्यास नदी मिलती है हरिका पाटन नामक स्थान पर हरिका बैराज भी उसे कहते हैं मंडी में किस स्थान पर चौदह किलोमीटर लंबी सुरंग का ब्यास का जो जल है उस सतलुज नजी में मिलाया गया है पंडो नामक स्थान से पंडो सुरंग में जल निकासित करने के पश्चात किस स्थान पर विद्युत उत्पादन की जाती है सलापर नामक स्थान पर पोंग बांध कांगड़ा में किस स्थान पर निर्मित है देहरा में है महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है ब्यास नदी पर पोंग नामक स्थान पर किस वर्ष पोंग स्थल को रामसर अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड साइट घोषित किया गया है अगस्त नाइन किस वर्ष पोंग स्थल को वन्य जीव अभ्यारण घोषित किया गया 1983 कितनी प्रजाति के विदेशी पक्षी पोंग स्थल पर हर वर्ष आते हैं 53 प्रजाति के विदेशी पक्षी हैं किस स्थान पर ब्यास नदी कुल्लू को छोड़ती है नागवाई नामक स्थान पर सेंज पिन पार्वती मलाना तथा हुसला किस की सहायक नदियाँ हैं कुल्लू ज़िले में ब्यास की सहायक नदियाँ हैं तीर्थन फौजल सरदारी सोलंग तथा सूरजन किसकी की सहायक नदियाँ हैं कुल्लू में ब्यास की सहायक नदियाँ हैं रानू बीनू हंसा ज्यूनी उहल तथा बाखली किस जिले में बहने वाली सहायक नदियाँ हैं मंडी में बहने वाली ब्यास की सहायक नदियाँ हैं सुकेती लोनी सोन पनौड़ी किसकी की सहायक नदियाँ हैं मंडी में ब्यास की सहायक नदियाँ हैं किस खड्ड को न खडों की रानी कहा गया है बकरखड़ को जो कि हमीरपुर और मंडी के बीच में जो है विशेष रूप से प्राकृतिक सीमा बनाती हैं कांगड़ा में बहने वाले कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदियां हैं बिनवा है न्यूगल है, है बाणगंगा है गज है डेहर है चक्की है किस स्थान पर पार्वती ब्यास में मिलती है भुइन के पास सेंझ तथा तीर्थन किस श्रृंखला से निकलकर किस स्थान पर ब्यास में मिलती हैं शुपाकणी श्रृंखला से लाजी के समीप बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल से कौन सी सहायक नदियाँ निकलकर कर ब्यास में मिलती हैं बड़ा बंगाल से उहल नदी निकलती हैं और छोटा बंगाल से लूनी नदी निकलती हैं और ये दोनों जो है वो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं कांगड़ा के अंदर सांगला घाटी में कौन सी नदी बहती है बसपा पंडो बाँध किस वर्ष निर्मित किया गया 1977 और पोंग बाँध 1974 में निर्मित किया गया